वो सोच रहे थे तमाशा होगा मैंने चुप रह के बाजी पलट दी महफिल में समा बांधना था हम वर्दी पहन के आए और समा बंध गया वर्दी पहचान है मेरी ये कंधे के सितारे झूठी चमक के मोहताज नहीं है लोग नीले हरे और भगवे में उलझ बैठे हैं मैं तो खाकी की तैयारी में लगा हूँ